फ्रेंड्स कैसे हैं? आप सब आप देख रहे हैं अक्षत द बेस्ट वीडियो मेकर और फिर से आ गया है अक्षत द बेस्ट वीडियो मेकर देखिए मेरा जो अक्षत द बेस्ट वीडियो मेकर है ना वो कुछ तो लंबा नाम हो गया है तो मैंने एक नाम रखा है ए टी बी वी एम इसका फुल फॉर्म होता है अक्षत द बेस्ट वीडियो मेकर बस उसका शॉर्ट फॉर्म है अब उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए मैं जो कर रहा हूँ खा रहा तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं अमंगस देखिए मैंने देखिए वो वाला अपडेट नहीं है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो एक अपडेट था पर नो नो ये कोई अपडेट नहीं डोंट वरी अबाउट दैट वो आ जाएगा पर अभी नहीं देखिए क्या हुआ कि मैंने उसका वीडियो बना चुका हूँ पर क्या हुआ कि असल में वो जो वीडियो था उसमें क्या हुआ कि वो वीडियो तो बना था इस पे कोई शक नहीं है वो वीडियो बना था पर उसके बीच में मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया जिससे वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई और फिर तो वो वीडियो बन ही नहीं पाया तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर ध्यान मत दीजिए तो आप जब फिर से खेलने वाले हैं अमंगस तो चलिए वीडियो को चुटके बजा के शुरू करते हैं ऐसे जैसे, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने मंगज की स्क्रीन पे आ चुके हैं चलिए पहले तो उसकी वॉल्यूम थोड़े कम करते हैं तो हम लोग ऑनलाइन ही खेल अब क्रिएट गेम कर मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा क्योंकि आपको पता है क्रिएट गेम करने में दस घंटे से ज़्यादा लगते हैं, दस घंटे से ज़्यादा नहीं पर ज़्यादा टाइम लगता है तो हम लोग करते हैं ओके okay. ये मेरा कैरेक्टर है ओके okay. तो हम लोग इस कैरेक्टर को थोड़ा सा कॉस्टुमाइज करते हैं ओ, ये, है ये मेरा कैरेक्टर इसको पहले पब्लिक करो नहीं तो पागल पड़ चुका है वाइट वेर इज माय डांसिंग हेड यस दिस इज माय डांसिंग हेड ओके डांसिंग हेड के लिए नहीं मुझे ये चाहिए ये ये ये मेरा फेवरेट कम है तो दोस्तों ये जो है ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं ना क्या सोच रहा हूँ ऑनलाइन कर लूँ क्योंकि देखिए लोगों को मज़ा आना चाहिए एक तो ये मक्खी पूरा परेशान कर रखी है वो तो ऑनलाइन खेलते हैं पहले जी मक्खी हट पूरा परेशान करके है रखिए एक बार Okay, okay, हम आ चुके हैं मेरा फेवरेट किसी ने वाइट नहीं ओके स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट वैसे हम लोग नहीं बनेंगे क्योंकि मुझे अपना लक का बारे में पता है और मेरा लक सबसे खराब है दुनिया का सबसे खराब लक तो मेरा ही हो चुका है हाँ आप लाइक नहीं करते शेयर नहीं करते, नहीं करते, करते कमेंट और देखो मैंने था वो सच हो गया। अच्छा है, है। मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे डीप जोक और शूप लिख कोई हम पहले सिक्योरिटी ओह के ो ये वो मई कॉड वेन्ट कर मैं जो गया सच होता है मैंने उसको वेंट लिटरली मैंने उसको वेंट करते हुए देखा यस यस फेरपोट फेर पॉट फेर पॉट पे कोई ना वोट कर दे मैंने उसको देखा ही वही एक इंपोस्टर उसने लिटरली मेरे सामने वोट यू you नो know, पागल यस माय गॉड या या या हम लोग जीत चुके हैं The देखे, मैं जो कहता हूँ वो सच होता है मैं लिटरली उसको ते हुए देखा वो बाय लिटरली वेंट वेंट आपको तो परेशान कर चुकी है ओ बायॉड बाय गॉड मैं कदम मैं पंती चल लिया लिटरली मैंने उसको लिटरली मैंने उसको देख लिया अरे मैं था मैं बोला भी तो था ओके स्टार्ट हो गया अब देखते हैं क्या हो सकता है मक्खी पूरा परेशान कर तरह अब कौन हो क्या हम पहले बताओ किस पे देखेंगे बॉडी मिल गई ओके। okay. मैं वोड स्किप कर रहा हूँ पहली बात तो मुझे कोई नहीं किया था इस गेम में सारे लोग खेल ही कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं किया होगा से पहले भी इम्पोस्टर था पर अब नहीं हो सकता पहले था तो No one was ejected. Tie. क्योंकि दो लोगों ने skip करा दो लोगों ने किसी और को vote कर दिया Okay. न कुछ चढ़ा जाए ना वो बनती नहीं कुछ चालाकी होती है उसमें चालाकी होती है लोग है क्या जो कहीं नहीं रहे ओ रहा ये मेरा पीछा करा ये पीछा करा है कोई और बाहर निकलता है मतलब उसने इवेंट किया है Pink. Gil slick. We are super energetic. वो लेस ज्यादा क्या है ग्रीन वो मुझे ग्रीन ऐसा लग भी रहा है अभी कि उसने सेबोटेज किया करना तो मत करो मुझे पता था मुझे पता तो शायद आपको लग रहा हो क्यों नहीं पता था पर मुझे पता था पूरा अच्छी तरीके से पता था नहीं क्या पागलपंती हो रही है रह? पागलपंती करो तो मुझे डेट बॉक्स के देखना है और कुछ मैं लिटरली ये नहीं जो लोग भूत होंगे होंगे वो तो ये देख पा रहे ना? कर दिया क्या उसने फक्स पैन, पैन। उसने लिव कर दिया शायद अरे फक्स fan fuck fan fuck fan fuck fan what kuk uh, kuk uh, uh. ha ha, ha. koito hai koito hai ba <y> ba <voice> ba <noise> bam bam da cafeteria mein mila <y> tha beti <tune> maine pura स्टाइलिश बनके पुलिस बनके बन रहा था और एक सेकेंड में लोग लीव कर देते हैं ग्रेड ग्रेड है है सही है, सही, है, सही, है, सही है। ये ठीक बोल रहा है ग्रेड बोल रहा है ये एकदम ठीक बोल रहा जो है एक तुम लोग पागल हो पागल पत्ती क्यों चल रही है रहे? पागल बंदी चल रही है और किसी का कोई चारा रहता है नहीं रहता ना इसलिए नहीं रहता क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं नहीं नहीं करते, नहीं करते नहीं करते। सब्सक्राइब और और और और, शेयर बस बस एक एक राउंड राउंड उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, और नहीं चलेगा। ओके, बस एक और, ओके। ओके, तो इसको ये करना पड़ेगा ऐसे ही रोटेट करो फिर ये करो ये ये ये ये या। ये। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म है करते हैं सो so बाय बाय क्योंकि अब मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने को है तो आज की वीडियो एकदम करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सो बाय बाय